पहले खबर फिर असर से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी। हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक पहुंचाएंगे हर खास खबर आपके मोबाइल तक देखिए मेरे साथ फास्ट बाइक डॉट टीवी मेरठ स्थित पी मॉल में आठ शाम भीषण आग लग गई आग आग आग वक्त लगी लगी मॉल में में में मूवी चल रही थी बेसमेंट से वहां वहां पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई है इसके अलावा मेरठ स्थित वेंकट हॉल ग्रैंड फाइव में भी शाम को आग लग गई दोनों ही जगह आग किन कारणों से लगी यह पता नहीं चल पाया है आ गया भैया और मैं आगे भी चला जाता हूं पूरा सुझाव देता हूं पूरा बात मारता हूं देखो सही आ गई ये एंड करेगा बगाड़े दे अरे गाड़ी हटाओ भैया अपनी अपनी भैया गाड़ी हेलो